हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज ब्रे वार्ती सो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरी की 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो जो है उन सभी एग्जाम को करेक कर सकता है जिसमें हिस्टोरी आता हो और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपने ये देख लिया मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उस से कम से कम जो है आधा बना कर यहाँ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो क्या कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है उसे कौन सा काल कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू जानवर बनाया आदि मानव जो होते थे पहले ज़माने के उसने सर्वप्रथम जो है किस पशु को पाला पोषा किस पशु को पालतू बनाया तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता यानी डॉग को जो है पालतू जानवर आदि मानव ने सबसे पहले बनाया हमारा ने नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ आधुनिक होमोसेपियंस यानी ह्यूमन मानव का पूर्वज तो जो था किस काल में जो है हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर का उच्च पूरापाषाण काल में हुआ था तीन नंबर का सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर का मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया मानव ने तो आग जलाना सीख लिया लेकिन उस काल किस काल में प्रारंभ किया, को तो में किया आग को जलाना तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था मानव ने आँख को जलाना नवपाषाण काल में नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था तो मानव ने सर्वप्रथम जो है तांबा का उपयोग किया था धातु में जो है तांबा का उपयोग किया था मानव ने सबसे पहले किया था मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी मानव ने जो पहली फसल की थी उसमें था गेहूँ मानव द्वारा सबसे उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन नंबर का मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना तो यह जो है नवपाषाण काल में मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर का निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मे जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है वह है दया राम सहनी दया सहनी हरप्पा के उत्खनन से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरप्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई हरप्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई तो मोहन ज्योतरो से प्राप्त हुई मोहन ज्योतरो से प्राप्त हुई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है तो इसका वही आंसर हो जाएगा मोहनजोधरो से मिली है मोहन जोधरो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है सिंधु सभ्यता में जो है साक्षी जो है गोदीवारा का कहाँ से मिला है वह तो जो है लोथल से मिला है इसका लोथल सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर लोथल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व नंबर का कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानाकार कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानाकार कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोधरो से प्राप्त हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व वेतानुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान तिथि है तो इसका हो जाएगा 2500 से 1750 सौ पचास पूर्व यह इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है यानी भारत में जो देवी देवताओं को पूजा करने कब से माना जाता है किस काल से माना जाता है ये जो होता है सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता से माना जाता है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो हुआ है सिंधु सभ्यता से हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे रिंग वैदिक आर्य जो है किसकी पूजा करते थे वह जो है प्रकृति की पूजा करते, करते, करते थे यानी भगवान की पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे आर्य भारत में जो है सबसे पहले बसे थे सप्त सैंदप प्रवेश में आर्य भारत में सबसे पहले सप्तेंधप प्रवेश में बसे सभी क्वेश्चन को नोट करके ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा इसका हिस्टोरी समझ में आए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यो का मूल निवास स्थान था आर्यो का मूल निवास स्थान जो था वो था एशिया माइनर एशिया माइनर उसका जो है मूल निवास स्थान था नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ओम भूभ स्वा किस मंत्र में है ये जो है रिंग वेद में है रिंग में है नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जैते उक्ति कहाँ से ली गई है सत्यमेव जैते उक्ति कहाँ से ली गई है तो यह उक्ति जो है मुंडकोपनिषद से ली गई है यह उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग का नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूत्रों का संग्रह है जिसका तो सही आंसर हो जाएगा एक नंबर का सोम है इसका एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा सोम एक निम्न में से प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है इनमें से निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है तो ये जो है ऋण वेद सबसे प्राचीनतम वेद है इसी इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो मिला था वो प्रजापति को मिला था प्रजापति इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गंध एवं पुद्ध दोनों में की जाती है किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की जाती है तो यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद दोनों में की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियक वंश के किस शासक की उपाधि कुनी थी हरियक वंश के किस शासक की उपाधि कुनी थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था उसको सिकंदर के समय जो है मगध पर धनानंद यानी नंद वंश का शासक था सिकंदर के समय मगध पर नंद वंश का शासक था इनमें से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात छत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है इनमें से जो है महापदम को जो है सर्व यानी अर्थात्र छत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था तो सिकंदर जो है मकदुनिया का शासक था इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा तीस नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर एवं पोडस के बीच प्रसिद्ध विस्तृतता का झेलम युद्ध कब हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर का तीन सौ छब्बीस पूर्व